क्या आपको पता है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो राशन की दुकानों में एक रुपया या दो रूपए के जी चावल बांटा जाता है वह नॉर्मल राइस नहीं होता है इसे हम फोर्टीफाइड राइस कहते हैं तो आइए चलिए समझते हैं कि फोर्टीफाइड राइस क्या है और यह नॉर्मल राइस से कैसे डिफरेंट है सरकार जिन सेक्शन ऑफ सोसाइटी में इन चावलों को बांटती है वो सेक्शन ऑफ सोसाइटी जनरली गरीब होते हैं तथा उनके आहार में जो इसल माइक्रो न्यूट्रिय है जैसे कि आयरन जिंक, जिंकिन उसकी कमी होती है इस प्रॉब्लम को देखते हुए गवर्नमेंट ने जो राशन में, में इन इसल न्यूट्रिय को मिलाकर एक स्पेशल टाइप ऑफ राइस बनाती है जिसको फोर्टिफाइड राइस कहा जाता है इसके थ्रू गवर्नमेंट जो है वो माल से लड़ना इसल न्यूट्रिय की कमी न हो व्यक्ति के आहार में उसको सुनिश्चित करना तथा लोगों को हेल्थ गुड हेल्थ बनी रहे और उनकी इम्यूनिटी पावर बनी रहे यह सुनिश्चित करना गवर्नमेंट का मुख्य अच्छा लक्ष्य है